मेरे YouTube चैनल पर इस वीडियो में हम जानेंगे MS एस पावर पॉइंट के ट्रांजिशन टैब के बारे में तो वीडियो को बिना स्किप पूरा देखिएगा दोस्तों और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में लाता रहता हूँ सो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलते हैं हमारे पावर पॉइंट प्रोग्राम पर तो आ चुके हैं हमारे पावर पॉइंट प्रोग्राम पर ठीक है तो मैंने यहाँ पे होम टेप इंसर्ट टेप और डिजाइन टेप दिनों के वीडियो बना करके ठीक है रखे हुए हैं लिंक डिस्क्रिप्सन में है आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं ठीक है तो आज हम सीखने वाले हैं ठीक है ट्रांजेक्शन टेप तो फर्स्ट हमारा है प्रिव्यू ठीक है जिसकी मदद से आप स्लाइड को व्यू कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है तो जो तो हमारा अभी प्रिव्यू एक्टिवेट नहीं है क्योंकि हमने किसी तरह के यहाँ पे स्लाइड ट्रांजेक्शन को का इस्तेमाल ही नहीं किया अपने स्लाइड पर ठीक है इस चलते यह हमारा साइलेंट है ठीक है एक्टिवेट नहीं है तो हम कोई ट्रांजेक्शन अपने स्लाइड पर इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे मैं ये वाला कर लेता हूँ ठीक है तो हमारा प्रिव्यू हमारा एक्टिवेट हो चुका है अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्लाइड में ट्रांजिशन जो लगा है उसे शो करेगा ठीक है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं जैसे कोई और एक रख लेते हैं जैसे ये वाला रख लेते हैं और रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे, पे शो हो रहा है हमारे स्लाइड पर ठीक है तो इसका तो प्रयोग स्लाइड में लगाए गए ट्रांजेक्शन को देखने के लिए किया इस्तेमाल किया जाता है फिर आगे हमें कई तरह के ट्रांजिशन मिल जाते हैं ठीक है रेडीमेंट यहाँ पे आपको कई तरह के ट्रांजिशन मिल जाएंगे आप अपनी मर्जी से कोई भी एक ट्रांजिशन अपने स्लाइड पर इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं यहाँ पे कोई एक ट्रांजिशन को चूज कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर हम प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह प्रिव्यू दिखाएगा ठीक है तो हमार आप चाहें तो एक ही ट्रांजेक्शन को आप सारे स्लाइड पर लगा सकते हैं ठीक है अप्लाई टू वॉल पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा यह ठीक है सब में सब स्लाइड में हमारा यह ट्रांजिशन लग जाएगा और आप चाहें तो सभी के लिए जिसे मैंने इसके लिए डोर्स को इस्तेमाल किया है डोर्स को ठीक है और इसके लिए आप चाहें तो अलग ट्रांजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए आप अलग इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं ए वन बाई वन और चाहें तो आप एक ही ट्रांजेक्शन को सभी के लिए सभी स्लाइड के लिए आप अप्लाई टू वॉल पर क्लिक करेंगे तो यह सब में लग जाएगा ठीक है फिर आगे हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे इफेक्ट ऑप्शन ठीक है जैसे हमने अभी यहाँ पे डोर्स का इस्तेमाल किया है डोर्स ट्रांजिशन का ठीक तो है तो इससे रिलेटेड यह है ठीक है जैसे देखिए दोस्तों हमारा यह अभी इस वर्टिकल ठीक है वर्टिकल से खुल रहा है ठीक है देख सकते हैं यहाँ प्रिव्यू यह सामने से खुल रहा है ठीक है इसी तरीके से हम इसे यहाँ पे पर हॉरीजेंटल पर क्लिक करेंगे तो यह हॉरीजेंटल से खुलेगा ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे पे ट्रांजिशन जिस तरह का करेंगे, उस तरह का का करेंगे उस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ठीक है जैसे हम इसे चूज जैसे हम दूसरा यहाँ पे चूज कर लेते हैं जैसे इसे चूज कर लेते हैं ठीक है आप यहाँ पे प्रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा तो हमारा इधर से अभी होते हुए गया है ठीक है इसी तरीके से हम इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रॉम लेफ़्ट ठीक है तो आप लेफ्ट साइड से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रॉम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारा ये लेफ्ट साइड से जाएगा ठीक है इफेक्ट देख सकते हैं आप इधर ठीक है लेफ्ट साइड से गया है ठीक है इसी तरीके से हम फ्रॉम टॉप ठीक है तो टॉप साइड से ये रिव्यू हमारा दिखाएगा तरीके से हमें और कुछ जैसे, जैसे क्यूब को हम यहाँ पे चूज कर लिए हैं अब यहाँ क्यूब रिलेटेड आपको ट्रांजिशन मिल जाएंगे ठीक है फ्राम राइट फ्राम बोटोन फ्राम लेफ़्ट फ्राम टॉप ठीक है तो हम यहाँ पे फ्राम टॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ठीक है तो यह फ्रोम टॉप से आया है ठीक है यहाँ पे हम वैसे ही फ्राम राइट right क्लिक करते हैं और यहाँ पे रिव्यू देखते हैं तो यह राइट साइड से आया ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं ठीक है अलग अलग ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है अपने साइड पर तो फिर अगला ऑप्शन है हमारा टाइमिंग का ठीक है टाइमिंग रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं ऑप्शन जैसे साउंड ठीक है आप यहाँ जो ट्रांजिशन लगाएं ठीक है उसमें अगर आपको साउंड देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी जैसे आप किसी किसी में आप एक क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे यह साउंड इफेक्ट आ जाएगा ठीक है जैसे आप देख सकते हैं जब यह स्लाइड होगा ठीक है तो किस तरीके का साउंड आना चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं ठीक है और इसके अलावा भी आप यहाँ पे इसमें आपको किस तरीका आपको साउंड नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ठीक है फिर अगला ऑप्शन है हमारा ड्यूरेशन ठीक है यानी वन मिनट एंड ट्वेंटी सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है यानी एक मिनट बीस सेकेंड के बाद ठीक है यह स्लाइड चेंज होगा और यह स्लाइड आएगा ठीक है तो इस तरीके से यह प्रत्येक एक मिनट और 20 सेकंड के बाद ही यह स्लाइड चेंज होगी ठीक है तो आप यहाँ पे सेट यहाँ पे आप ड्यूरेशन यानी टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं कि एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड कितने देर में आनी चाहिए ठीक है तो आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं ठीक है आप इंक्रीज़ और डिक्रीज दोनों ही कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है इसके अलावा आप टाइप भी कर सकते हैं यहाँ पे तो ठीक है आप यहां से सेट कर सकते हैं फिर यहां पे आपको टाइमिंग यहां पे आप सेट कर सकते हैं फिर यहां पे अगला ऑप्शन है हमारा अप्लाई टू ऑल ठीक है जिसकी मदद से आप एक ही ट्रांजिशन को ठीक है सभी स्लाइड पर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जैसे हमें ठीक है क्यूब वाले यहां पे हमें क्यूब यहाँ पर सिलेक्ट हमारा ठीक है यहाँ तो क्यूब वाला हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसे हमें सारे स्लाइड पर यहाँ पर सेट करना है जैसे हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है स्प्लिट यहाँ पर लगाया हुआ है ठीक है तो हम इसे अगर क्यूब को यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन सारे स्लाइड पर यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्यूब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे यह सारा ट्रांजे ये स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा जैसे देखिए दोस्तों हमारा सारे स्लाइड पर ही क्यूब हमारा लग चुका है क्यूब ट्रांजेक्शन ठीक है आप आओ भी देख सकते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर क्यूब ही सिलेक्ट है ठीक है यहाँ पर क्यूब सेलेक्ट है मतलब यह क्यूब हमारा सारे स्लाइड पर लग चुका है ठीक है फिर आगे हमारा एडवांस स्लाइड जिसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जैसे ओन माउस क्लिक ठीक है इसका मतलब हुआ दोस्तों यानी एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आएगा ठीक है तो हमें माउस क्लिक करनी होगी तभी यह दूसरा स्लाइड चेंज होगा अगर हम माउस क्लिक नहीं करेंगे तो हमारा स्लाइड चेंज नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर ओन माउस क्लिक पर हम टिकए हुए हैं अब यहां पे हम इसका स्लाइड शो जाकर करके स्टड शो ठीक है फ्रॉम बिगनी पर क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ शुरुआती से स्टार्ट होगा तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों Scrismata. तो हमारा एक स्लड आया और यहां पे नेक्स्ट फ्लाइड नहीं आ रहा है ठीक है तो हम यहां पे जब तक एक, यहां पे पर माउस से क्लिक नहीं करेंगे जब तक ठीक है तब तक यह नेक्स्ट फ्लाइट नहीं आएगा तो यहां पे हम एक क्लिक करते हैं तो हमारा फ्लाइट चेंज हो चुका है ठीक है इसी तरीके से हमारे क्लिक करते हैं तो हमारे ये स्लाइड चेंज हो रहा है तो आपने देखा दोस्तों यहां पे हमने माउस पे तो माउस से जितनी बार क्लिक किया हमने माउस से क्लिक करते हैं हम ठीक है और स्लाइड हमारा चेंज होता चला गया ठीक है लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए ठीक है हम माउस से क्लिक नहीं करना चाहते हैं बल्कि ठीक है या फुली ऑटोमेटिक ही अपने आप स्लाइड चेंज होता चला जाए ठीक है हम ऐसा चाहते हैं तो हमें यहाँ पे अनटिक करना होगा ठीक है और यहाँ पर हमें टिक करना होगा आफ्टर पर और यहाँ पर हमें टाइमिंग देना होगा ठीक है यानी एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड ठीक है कितनी देर बाद दे आए ठीक है तो यहाँ पे हम टाइमिंग दे देंगे दो सेकेंड ठीक है दो सेकेंड बाद या ठीक है फुली ऑटोमेटिक अपने आप ठीक है स्लाइड चेंज होता चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम स्लाइड शो पर जाएँगे यहाँ पर हमने दो सेकेंड का टाइमिंग दे दिया है अब इसे ठीक है बिना और यहाँ पे हमने ठीक है और माउस क्लिक को हटा दिया है ठीक है अब यहाँ पर हम स्लाइड शो पर और फ्रॉम बिगनी पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही फ्लाइट चेंज होगा ठीक है तो इस तरीके से ऑप्शन कार्य करता है ठीक है तो तो मैंने आपको ट्रांजिशन टैब के सभी ऑप्शन के बारे में ठीक है वन बाय वन ठीक है स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया है उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें